हेलो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको एक विषय लेकर आया हूं वो विषय आपको देने जा रहा हूं विज्ञान अभिशाप है या वरदान अब पहले से हम लोगों ने पढ़ा है कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान उस पर डिबेट करवाते थे शिक्षक महोदय तो डिबेट में हम लोग बराबर दो दलों में बट जाया करते थे और बराबर कहते थे कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान चलो भाई तुम बोलो कि विज्ञान वरदान है हमने अभिशाप ले लिया तो विज्ञान अभिशाप भी साबित होता था कुछ महीने में और विज्ञान वरदान भी साबित होता है किंतु आज के समय में विज्ञान सौ यदि कहा जाए मेरे विचार में तो विज्ञान अभिशाप ही सिद्ध हुआ है क्योंकि आज बदलते परिवेश में हमने देखा कि जब ये पढ़ाई की बात करें या फिर वैज्ञानिक तरीके से रहन सहन की बात करें या फिर वातावरण में चल रहे बहानों के बारे में बात करें या फिर किसानों के उपज के बारे में बात करें सारी बातें हर बात पर यदि हम विज्ञान के साथ नज़रिया डालकर और उस पर उदाहरण देकर समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि विज्ञान अभिशाप ही सिद्ध हुआ हंड्रेड विज्ञान अभिशाप ही सिद्ध हुआ है यार्डिंग में आप जाइए किसानों के द्वारा फसलें जो उगाई जाती हैं उसमें याल्ड जो होता है फसल की उपज जो होती है पहले के समय में हम लोगों ने जो देखा बचपन से याद है पहले के समय में उपज बहुत कम हुआ करता था 14 मन 15 मन या उसको टन में ये कहें तो डेढ़ टन दो टन बस मात्र किंतु आज के समय में हम देखते हैं कि दस क्विंटल बारह क्विंटल सोलह क्विंटल तक बीघा में लोग उत्पादन करते कहाँ से कैसे तो पेस्टिसाइड डालकर पेस्टिसाइड क्या है जहर है वो जहर हमारे अनाज में जाता है और अनाज को जहरीला बना देता है आज हमारी उम्र कम गई विज्ञान ने हमसे हमारी आज़ादी छीन ली विज्ञान अब आज़ादी छीनने पर ही नहीं सिर्फ तुला बल्कि मेरी जान भी छीन रहा है इसलिए कि विज्ञान इतना पेस्टिसाइड एंटीसाइड आदि बना दिया खाद डालने के लिए कहा किसान खाद डालते हैं मजबूरन आबादी बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम आ रहा है खाद का खाने का भोजन का भोजन की समस्याएँ इन समस्याओं को लेकर चिंतित है हमारी सरकार भी चिंतित है आबादी भी चिंतित है और इसके चलते कि वो पेस्टिसाइड एंटीसाइड या फिर ये मैन्योर मैन्योर तो भूल ही लोग गए हैं फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं फर्टिलाइजर हमारी फर्टाइल भूमि को भी अनफिट कर देता है हमारी फर्टाइल भूमि को भी मार देता है और मेरी जान तो लेता ही है साथ ही साथ और सारी बातें जिसमें आप जैसे वाहन वाहन को आप ले लें इस दिशा में आ जाएं कि जॉन हमारे फेफड़े को नुकसान पहुँचाता है फेफड़ा क्या है मेरी प्रकृति मेरा फेफड़ा है प्रकृति जब ऑक्सीजन गैस संतुष्ट रूप से देती है संतुलित तरीके से हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो हम स्वस्थ रहते हैं आदिकाल में मानव स्वस्थ रहा करते थे क्यों स्वस्थ रहा करते थे उन दिनों प्राकृतिक हवा आबो हवा था लोग स्वस्थ होकर काम करते थे फिजिकली वर्क ज़्यादा हुआ करता था लोगों आ, के द्वारा और लोग स्वस्थ रहते थे आदिकाल में लोग स्वयं काम करते थे स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे आज हमारे पास एक से एक वाहन है और वो वाहन क्या देता है खतरा पैदा करता है हमारी जमन को ही छीन लेता है जब कभी दुर्घटना होती है हमारी जान खतरे में पड़ जाती खतरे में ही नहीं पड़ती बिल्कुल जान चली जाती है अब आज के समय को देख लिया प्रारंभ के समय को जरा याद करके आप देखें कि उन दिनों लोगों को ठेस लगती थी लोग गिर जाते थे गिरने के बाद घुटने बल गिरते थे ठेहुना, घुटना फूट जाया करता था घाव हो जाया करता था और लोग ठीक हो जाते थे लोग स्वस्थ जीते थे अपने जीवन को पर्यावरण को संतुलित रखते थे पर्यावरण मेरा संतुष्ट था और पर्यावरण जब संतुष्ट था तो हम संतुष्ट थे पर्यावरण यदि मेरा स्वस्थ था तो हम स्वस्थ थे अब इतना ही नहीं आप चले जाएँ वैज्ञानिकों की दुनिया और बढ़ाकर विस्तार पूर्वक करें उन दिनों लोग क्या करते थे हथियार का प्रयोग किसी को दंड देना है तो लाठी का प्रयोग किसी को दंड देना है तो छड़ी का प्रयोग आज लाठी छड़ी नहीं है आज गोली बारूद का जमाना आया और इस गोली बारूद ने क्या कर दिया लोगों की जान ही छीन लेता है खतरा पैदा नहीं करता डरावना स्थिति पैदा नहीं करता बिल्कुल डर की, की तो कहीं बात ही नहीं होती उनकी जान ही चली जाती है अब विज्ञान को आप अभिशाप न माने तो क्या माने आप कहेंगे कि मैं दुनिया में जी रहा हूं मेरे पास क्या नहीं है मोबाइल है मोबाइल से भाइब्रेट जो वाइब्रेशन वाइब्रेट होता है वह हमारे हर्ट को डायरेक्ट प्रभावित करता है किंतु मोबाइल के बगैर कोई है कोई नहीं मोबाइल के बगैर आज चलेगा ही हमारी दुनिया नहीं चलेगी मोबाइल के बगैर हम एक डग भी आगे नहीं बढ़ा सकते वाहन चाहिए ही चाहिए जो भी आदमी हैं वाहन और वाहन क्या करता है प्रदूषण फैलाता है आज हमारे यहाँ ये यह बैटरी है इन्वर्टर है आज हमारे यहाँ फ्रिज है आज हमारे यहाँ ये यह एसी है ये सारे के सारे फ्रीज एसी कूलर इन्वर्टर ये क्या करता है ये सारे जहरीली गैसें O2 गैस देता है और यह जहरीलीयर को छोड़ा तो की आबादी को जलाकर राख कर देगा एक समय ऐसा आ रहा है आने वाले समय में यह बातें सिद्ध हो जाएगी सत्य साबित होगा इतना ही नहीं विज्ञान ने वो जो ओजोन ले किया आज आप देखिए कोरोना के समय में कोरोना हुआ कोरोना को आप लोग जानते हैं 2020 में कोरोना प्रारंभ हुआ इक्कीस इसे लास्ट होने को है कोरोना जान नहीं छोड़ रहा चीन में आज भी कोरोना से लोग प्रभावित हो रहे हैं आए दिन और प्रभावित कितने दिनों तक होंगे पता नहीं लेकिन यह कोरोना किया क्या एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिया और वह एक्सपेरिमेंट है कि इलाहाबाद हमसे बहुत निकट है किंतु हिमालय हमसे बहुत दूर है इलाहाबाद से हिमालय देखा गया कैसे कैसे देखा गया क्या हुआ कोरोना में कोरोना में गाड़ियाँ बंद हो गई गाड़ियाँ बंद हो गई और ये हमारा वातावरण साफ हो गया धूल धूलकन वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन आदि जितने भी गैसे हैं उन सभी गैसों के अतिरिक्त भी डस्ट पार्टिकल हैं वह जलवाष्प है ये डस्ट पार्टिकल संपूर्ण वातावरण को आच्छादित किए रहता था जिसके कारण हिमालय नजर नहीं आता था आज हिमालय ये कोरोना के समय में 2020 के अंत में हिमालय इलाहाबाद से देखा गया क्यों बिल्कुल गाड़ियां बंद थी डस्ट पार्टकिल नहीं उड़ता था और जिसके कारण वातावरण साफ नज़र आया और साफ जैसे ही हुआ हिमालय नज़र आने लगा फिर हिमालय अब नज़र नहीं आ रहा है क्यों इसलिए कि गाड़ियां चलना प्रारंभ हो गई हैं और कोरोना यहाँ का कुछ थम गया है दब गया है अभी सोवियत संघ में और चीन में प्रभावित है अभी समाचार में बराबर आ रहा है कि वहाँ बढ़ती हुई आबादी ये कोरोना का कह अभी भी जारी है इतना ही नहीं और चीजें आप चले आवे अब हमारे आवागमन हमारे रहन सहन में हमारे समय को इस विज्ञान ने छीन लिया है। समय को छीन लिया यादाश्त मेरा छीन लिया आज आप लड़के से पूछें अपने बच्चों से पूछें घर वाले से पूछें, समाज में परिवार में जो भी आदमी मिले उनसे आप पूछिए कि भाई तुम्हारा नंबर क्या है तुम्हारे पिताजी का नंबर तुमसे बात करना चाहते थे तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे पिताजी का नंबर क्या बच्चा हर बार जाएगा तुम्हारा नंबर क्या है बेटा तो वो बोलेगा कि हमारा नंबर ये है एक आध नंबर याद रहता था उन दिनों हम लोगों को भीषण नंबर याद रहा करता था और किसी का भी नंबर चाचा बाबा पापा सबका नंबर बोल दिया करते थे मुँह से बोल दिया करते थे आज बच्चे क्या करते हैं मोबाइल देखेंगे हाँ एक मिनट में बता देते हैं अंकल मोबाइल देखेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि मेरे चाचा का नंबर क्या है क्यों यादाश्त छीन लिया वो जानता है और बिल्कुल संतुष्ट है कि मेरे पॉकेट में जो है वो सारे मेरे पॉकेट में है तो आपका यादाश्त कहा में, में आप आप या आप कह रहे हैं कि विज्ञान ने तो हमको बहुत आराम दे दिया आराम ही नहीं दिया आपका जीवन छीन लिया आपकी आयु छीन ली गई आपकी आयु अब बहुत ज्यादा दिनों की नहीं है उन दिनों लोग सोचा करते थे कि मेरी आयु कैसे बचे मैं कैसे बचूं आप जानते हैं आदिकाल में देखिए धर्म ग्रंथ को आप देखें उन सबों में उदाहरण है कि सब अमर हो जाना चाहता था क्यों अमर हो जाना चाहता था वो चाहता जानता था कि मृत्यु ही एक सत्य है जिस पर विजय यदि प्राप्त कर लें तो हमें भगवान होने से कोई नहीं रोक सकता इसलिए वो भगवान बनना चाहता था और अमर हो जाना चाहता था लेकिन आज के समय में आप क्या देख रहे हैं आज के समय में कोई ये सोचता ही, ही नहीं कि कल उठेंगे तो मर जाएंगे इसकी चिंता हमको है भी या नहीं ये भी लोग नहीं सोचने से इनकार कर जा रहे हैं आज के तारीख में कि हम मरेंगे भी कभी ये सोचना ही बेकार हो गया है लोगों के लिए सोच रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी पैसा कैसे कमाई जाए पैसा कैसे अर्जित किया जाए पैसे को अर्जित करने के लिए आयु भी तो होनी चाहिए क्योंकि पैसे जब अधिक हमको होंगे तो उसका हम उपभोग करेंगे उपयोग करेंगे धन की तीन गति होती है दान भोग या नहीं तो फिर नाश ये तीन गति धन की तीन गति है दान भोग या नास लोग दान किया करते थे उन दिनों धर्मात्मा कहलाते थे आज भोग करते हैं लोग खुलकर कुछ एक और कुछ एक लोग उसको जोग कर रखते हैं कि मेरे पास इतना धन हो गया तो वो उसका क्या हो जाता है अंत में नाश हो जाता है भोग नहीं कर पाते हैं लोग लेकिन जो भोग करते हैं उनके पास पैसे नहीं रहते फिर चिंता में पड़े हुए हैं सबके सब, सब विज्ञान ने चिंता में डाल दिया है अन्यथा चिंता की कोई बात नहीं थी लोग आराम से जाकर खेतों में अपने मैदान में अपने जगह पर काम करते थे और श्रम करते थे फिजिकली वर्क करते थे आज हम मेंटली भी वर्क नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास लेब है मेरे पास टेप है मेरे पास ये बाजा है ये मोबाइल है आदि बातें ढेर सारे संसाधन जुड़े हुए हैं हम सारे संसाधनों से ही अपना काम कर लेते हैं प्रश्न उठता है ये सारे संसाधन हमको कहाँ तक ले जाएंगे क्या क्या करेंगे उसने मेरी आजादी छीन ली उसने मेरा समय बर्बाद किया आज आप देखें घर के अंदर देखें या फिर समाज में देखें कहीं भी आप नज़र डालकर देखें आप पाएंगे कि सारे के सारे लोग पड़े हुए हैं अपने में मस्त हैं कहाँ अपने में मस्त हैं अकेले चिंतन में किसी किसी सोच में किसी अच्छी सोच में जी नहीं मोबाइल में मस्त हैं मोबाइल देखकर लोग आराम फरमा रहे हैं मोबाइल से हिसाब किताब बना रहे हैं आज बच्चे हमेशा चाहते हैं कि मोबाइल से ही गुणा भाग कर लें संस्कृति के चार अध्याय जिस तरह उसी तरह मैथमेटिक्स के चार अध्याय जोर घटाओ गुणा और भाग इसको चारों को करने के लिए कटिबद्ध है लड़का और वो सब का सब मोबाइल से निकाल लेता है कर लेता है यदि टीचर पढ़ा भी रहे होते हैं तो चोरी छुपे वह गुना भाग आदि सब मोबाइल से ही कर लेता है भाई मेरे मित्रों क्या दिमाग आपका बैठेगा या तीव्र गति से अग्रसर ऊपर विकास की ओर होगा आप ही उत्तर इसका दे सकते हैं कि आपको कहां ले जाएगा ये गुना भाग जोड़ घटा जो, जो मशीन से आप करते हैं तो सारे मशीनीकरण जो हो गया है यह वरदान नहीं है मेरे मित्रों ये वरदान नहीं है इसलिए कि जब उम्र ही लंबी नहीं जियेंगे तो हम यह वरदान लेकर क्या करेंगे उम्र ज्यादा जीते तो मजा आता जिंदगी का जिंदगी का अलग ही मजा लेते आनंद लेते लेकिन वो आनंद छिन गया आज विज्ञान के युग में इसलिए विज्ञान अभी साफ ही हंड्रेड फीसदी है ये वरदान हो नहीं सकता हुआ करता था कभी डिबेट करते थे बचपन में कहते थे शिक्षक महोदय हमारे गुरुजन कि खड़ा हो जाओ जी दो ग्रुप में बट जाओ बोलो कौन बोलोगे वरदान कोई वरदान ले लेता ले था कोई अभिशाप और दोनों पर बोलता था लगता था उन दिनों की सचमुच विज्ञान अभिशाप भी है वरदान भी तो है वरदान ज्यादा लगता है वरदान तो ज्यादा है विज्ञान विज्ञान ने तो हमको बहुत कुछ दिया उन दिनों लगता था लेकिन आज जो कुछ भी उसने दिया उसका दुरुपयोग जब नजर आता है तो लगता है जहर है ये जहर है इसलिए कि हम जो अनाज खाते हैं हमारी उम्र क्यों घट रही है हम अनाज जो खा रहे हैं वो जहरीला अनाज मेरा है उसमें एंटीसाइड जो मिल गया है पेस्टिसाइड जो मिल गया है हमारा मेन्योर नहीं मिलकर उसमें फर्टिलाइज़र जो मिल गया है यूरिया सुफला आदि जैसे मेन्योर वो फर्टिलाइजर उसने बर्बाद मिट्टी को तो किया ही हम अपने उम्र को भी बर्बाद कर रहे हैं उसके साथ हमारी उम्र भी बर्बाद हो रही गैस्ट्रिक है अनेकों रोग है, एक से एक किस्म के रोग ईजाद हो रहे हैं उन दिनों कहाँ रोग हुआ करता था लोग मारपीट भी करते थे तो पाषाण युग को जला देखिए पत्थर के औजार हर अपन संस्कृति को देखिए मोहनजोदड़ो की संस्कृति को देखिए सुमेरियन सभ्यता को देखिए क्या लगता है वो सिविलाइजेशन कैसा था लोग जीते नहीं थे क्या हाँ लगता होगा आपको आप कहते होंगे अरे वो कोट पेंट टाई पहनकर कहाँ खड़ा था कोट पेंट टाई की कहाँ जरूरत है क्या दिन कोट पैंट टाई आप पहनेंगे और यदि उम्र से जिएंगे अपने शरीर में ताकत रहेगा क्षमता रहेगी तो आपको लगेगा भी कि हाँ हम भी कोई हैं मेरे पास भी कुछ बल है मैं भी संतुष्ट हूँ मैं भी स्वच्छ जीवन जी रहा हूँ भले हमारे पास ये क्या कहते हैं पुराना वस्त्र है नहीं धोने रखने का रख का पूर्ण संसाधन अच्छा नहीं है आज आपके पास सब कुछ है हवा लेते हैं पंखे का बचपन में बच्चे जन्म लेते हैं पंखा प्रारंभ हो जाता है पंखे की हवा ले रहा है तो पंखे की हवा बचपन से जब उसको लग रही है और आए दिन भविष्य में जी कहीं बाहर निकल गया घंटे दो घंटे के लिए क्या होगा उसको पूरा लू मारेगा या फिर ठंड लगेगी जाड़ा के समय में ठंड और गर्मी के समय में लू उसकी जान चली जाएगी वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा क्यों कारण क्या है विज्ञान हवाई जहाज से यात्रा करते हैं कोसों की दूरी आप सेकेंडो में तय करते हैं प्राण अटका हुआ रहता है आपकी जान जा सकती है खतरा होता है एक भी व्यक्ति नहीं बचते दुर्घटनाग्र रेल रेल में दुर्घटना होती है सैकड़ों आदमी मर जाते हैं जान किसी की नहीं बचती हम बस गाड़ी आदि रोज आए दिन देखते हैं सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही विकास चहोमुखी हो रहा है सड़कें बिल्कुल चिकनी होती चली जा रही हैं और उतना ही एक्सीडेंट बढ़ता चला जा रहा है क्या कहें इसको विज्ञान अभिशाप कह दें या वरदान हमको तो नहीं लगता कि ये वरदान है आदिकाल में भी मानव इस तरह से जिया करते थे जीवन और उन दिनों विज्ञान विकास में नहीं था क्या राम का बाण असत्य है क्या भीष्म पितामह का बा असत्य है उन दिनों भी तो बांध चला करता था लोग बाँध से जान ले लिया करते थे किंतु जान कर नहीं लेते थे बिल्कुल चलाते थे खतरा में आता था सजा हो गई यदि नहीं माना तो फिर उसकी जान ली जाती थी एक से एक शस्त्र था उन दिनों भी आज भी है किंतु आज जो है वह हमको पागल बना दिया है हम उसके साथ जीते हैं उठते हैं सोते हैं रहते हैं उसी के साथ रहते हैं हमारी सोच भी जो है वो हिंसक प्रवृत्ति की हो गई है मैं अहिंसा का आह्वान किया हम लोग अहिंसा को गाए महात्मा गांधी अहिंसा का नेतृत्व तो कर दिया किंतु हिंसा की ओर जाने से हम कतराते नहीं आज हिंसा की ओर ही जा रहे हैं अहिंसा की प्रवृत्ति मन में रखते हैं और बाहर हिंसा का ही ये सोच हमारे सामने आता है मैं हमेशा हिंसा की ओर ही अग्रसर रहता हूँ एक सेकंड के लिए कोई किसी बात को सहने के लिए तैयार नहीं सहनशीलता सहिष्णु शब्द बराबर आया गवर्नमेंट में सरकार में खूब चर्चा में बात आई सहिष्णुता लेकिन सहनशील व्यक्ति है क्या एक मिनट भी अपने सगे भाई की बात मानने के लिए तैयार है क्या अपने मां की बात को मानने के लिए तैयार है क्या मित्रों जब हम अपने बुजुर्गों की बातों को भूल रहे हैं और अपनी बात अपनी मनमानी बात कर रहे हैं तो इस दाव में और इस अभिमान में या इस दम्भ पर कर रहे हैं कि विज्ञान मेरे साथ है एक से एक टेक्नोलॉजी है क्या पुराना आदमी पूछ रहा है मेरे माथे को खराब कर रहा है चुप रहो ना देखो ना मैं क्या करता हूँ अरे यारो तुम क्या करोगे तुम तो मरने की कगार पर जा रहे हो करोगे क्या सचमुच वो जो पुराने लोग कह रहे हैं वो बात सच्य कह रहे हैं तो क्या मित्रों आपको कैसा लग रहा है कि मैं जब उस समय जी रहा था उम्र ज्यादा लंबी जीता था स्वस्थ जीवन जीता था पर्यावरण स्वस्थ था स्वच्छ हवा सांस लेते थे वो अच्छा था या आज प्रदूषित हवा सांस लेते हैं वातावरण में हलचल है हम हमेशा खतरे से जूझ रहे हैं क्रांतिकारी नीतियाँ बन रही हैं क्रांतिकारी जिहाज़ छेड़ा जा रहा है और उसमें हम अपने आप को कहते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ क्या आप सुरक्षित हैं या असुरक्षित ये सारे प्रश्न आपके जेहन में है सामने है आप देख सकते हैं कि इस स्थिति को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं यह विज्ञान और कहां तक आगे बढ़ेगा उम्र तो छोटी कर ही दिया गुलाम भी हमको बना लिया बिल्कुल मैं इसका गुलाम हो गया हूं यदि आज के तारीख में किसी को कहिए कि बड़ी गर्मी है किंतु पंखा तो नहीं है अरे भाई तू यहां जी नहीं सकते यहां मैं नहीं सो सकूँगा मुझे पंखे की ज़रूरत है आप कल्पना कीजिए कि आज पंखे की ज़रूरत हो गई आदि में पंखा कहाँ था मानव सोता था या नहीं आदिकाल में हमारे लिए गाड़ियाँ कहाँ थी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश जाता था या नहीं आदिकाल में हमारा ये डाक घर या फिर टेलीफोन ये हमारा इंटरनेट आदि कहा था सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक जाती थी कि नहीं वहां उन, उन दिनों भी दुनिया थी कि नहीं उन दिनों और दुनिया शांत थी वातावरण शांत था ध्वनि प्रदूषण था ना ही वायु प्रदूषण था न ही मिट्टी का मृदा प्रदूषण था और न ही ये वातावरण का कोई प्रदूषण नाम की चीज नहीं थी आज हम प्रदूषण ही प्रदूषण में ये नहीं कहता है गरल से गरल धुल रहा है तो क्या विश्व से विश्व को धोना चाहेंगे तो धो सकेंगे मित्र तो नहीं बीस से बीस को धोना चाहेंगे तो वो नहीं धोलेगा बीस को पानी से धो सकते हैं और पानी है ही नहीं संपूर्ण वातावरण में जहर ही जहर है प्रदूषण ही प्रदूषण है ये प्रदूषण कहां ले जाएगा हमें इसीलिए कहना पड़ रहा है मित्रों मैं भी जानता हूं कि विज्ञान ने बहुत कुछ दिया आज मैं भी जो बोल रहा हूँ माइक है लगा हुआ कैमरा लगा हुआ है है ना ये बल्ब लगा हुआ है सबों ने सभी विद्वानों ने दे दिया सभी वैज्ञानिकों ने दे दिया लेकिन प्रदूषण में जी रहा हूं यह भी सोच रहा हूं तो लगता है कि ये सारी सुविधाएं अच्छा है या स्वस्थ जीवन जीना अच्छा है तो अब उब चुका हूँ इसे लगता है कि नहीं स्वस्थ जीवन ही जीना अच्छा है इससे बेहतर कोई जीवन हो नहीं सकता इसलिए मित्रों यदि आप लोग भी अपना वक्तव्य देना चाहेंगे हमको कमेंट अवश्य करेंगे कि मैंने गलत कहा या सही कहा आपको आप अपने जेहन में उतार कर सोच कर अवश्य देखेंगे अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो और भी भविष्य में आपको दे सकूं धन्यवाद